thinking habits will make you rich poor thinking habits will make you poor aap jante hain poor thinking habit kya kya hai ye bhi ek habit hai yaar jaisa subah uthna lagatar jana chaliya karte hain na hum log gurudwar jaate 40 din jaunga habit hai subah walk karunga habit hai kitab padhunga 15 din habit hai to acha sochna bhi ek main aapko bata raha hu dekho choti choti cheeze hain aur ye baatein main bahut jagah bataya hu कुछ नया नहीं बता रहा अब आपको बोले क्या फर्क पड़ता है मैं बोलता हूं साला जिस दिन तुम नया अंडरवियर पहनते हो ना और बनियान उस दिन भी साला तुम्हारा एटीट्यूड अलग होता है फिर सुमन आप याद करो जिस दिन तुमने नया शर्ट पहना हो नया ट्राउजर पहना हो चाल देखो तुम अपनी साला कतल कर दोगे बाजारों में लोगों के है ना और लेडीज जिस दिन पार्लर से तैयार होकर आए जस्ट फील इच सारा आग लगा दे दुनिया में